हेलो एवरीबडी वेलकम टू लाइब्रेरी क्लासेस फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हमारा टॉपिक है डीडीसी। डीडीसी का आज हम नाइनटीन एडिशन पढ़ने वाले हैं जिसका हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही करेंगे डीडीसी मींस सी मीन्स क्लासिफिकेशन सिस्टम और इसको शॉर्ट में हम डीडीसी भी बोलते हैं तो इसका अगर हम आज इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसे मेलवे डी ने आ, डिस्ड किया था ये जो सिस्टम बनाया था वो 1873 में आ, इसे फर्स्ट बनाया गया था जब ये एक स्टूडेंट थे और इसे फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1876 में जिसका नाम था ये एक बुक थी एक्चुअली जिसे 44 पेजेस में इन्होंने सबसे पहले पब्लिश किया था आ, 1876 में जिससे जिसका नाम था ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग दी बुक्स एंड पैम्फलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी The Decimal Classification Editorial Policy Committee was established in 1937. थर्टी सेवन और इसके लिए एक जो कमेटी बनाई गई थी कमेटी जो पॉलिसी बनाई गई थी वो बनाई गई थी नाइनटीन थर्टी सेवन में उसके बाद में इसे नाइनटीन एटी एट में ओ सी एल सी द्वारा अक्वाइड कर लिया गया था और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट वर्जन भी बाद में आया था okay. ये वर्ल्ड मोस्ट वाइडली यूज लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम स्कीम है अच्छा डीडीसी होती क्या है डीडीसी एक क्लासिफिकेशन सिस्टम स्कीम है जैसे सीसी है हमारी कोलन क्लासिफिकेशन है या दूसरी जो और भी क्लासिफिकेशन स्कीम है उसके थ्रू लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली जो क्लासीफिकेशन स्कीम है उस वो डी है डू डी सी स्कीम जिसको वन कंट्री से भी ज़्यादा में आज यूज़ किया जाता है और इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसके जो आ, फीचर्स हैं वो नेशनल बिबियोग्राफिक ऑफ मोर देन 60 कंट्रीज़ में है और इसे आज अगर बात करें तो इसे 30 लैंग्वेज से भी ज़्यादा में ट्रांसलेटेड किया जा चुका है मींस ये ना केवल इंग्लिश में बल्कि इसका ट्रांसलेशन भी हो चुका है जैसे अरेबिक हो गया चाइनीज़ लैंग्वेज हो गई फ्रेंच लैंग्वेज हो गई जर्मन हो गई या ग्रीक लैंग्वेज हो गई इन सारी लैंग्वेज में भी इसका ट्रांसलेशन हो चुका है डी डी सी इज मैंटेन इन अ नेशनल वीडियोग्राफिक एजेंसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और इसे जो मेन्टेन किया जाता है वो किया जाता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा डी डी सी बेसिक क्लासेज आर ऑर्गेनाइज बाई डिसिप्लिन और सब्जेक्ट और फील्ड ऑफ स्टडी इसका जो एक्चुअली डी डी सी को जो बाँटा गया है वो डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन में इसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में से डिवाइड किया गया है अब इसमें हम आगे बात करें डीडीसी की तो डी डी सी में स्कीम के थ्रू जो हम नंबर बनाते हैं फ्रेंड्स तो वो नंबर का यूज़ हम कहाँ करते हैं तो उस, उस उस उसका हम जो नंबर बनाते हैं उसका यूज़ करते हैं हम एज ए कॉल नंबर ठीक है तो ये जो डीडीसी स्कीम है इस स्कीम में ट्रिपल जीरो से लेके मीन जीरो जीरो जीरो से लेके नाइन नाइन नाइन ट्रिपल नाइन तक के बीच के ही नंबर को असाइन किया जाता है तो एवरी बुक सब्जेक्ट इज असाइंड एज ए नंबर बिटवीन ट्रिपल जीरो एंड ट्रिपल नाइन इज कॉल नंबर और ये जो नंबर हम असाइन करते हैं उसे कॉल नंबर कहते हैं और जब ये हम डी के थ्रू कॉल नंबर बना लेते हैं ये मैं आगे के जो वीडियोज़ आएंगी उसमें आपको बताऊंगी कि ये कॉल नंबर हम बनाते कैसे हैं डी के थ्रू अभी आज की वीडियो में आप केवल ये समझेंगे कि ये जो कॉल नंबर है ये होते क्या हैं ये जो डी है वो होती क्या है और इसके थ्रू जो नंबर बनता है उसे हम बोलते क्या है तो इसे हम कॉल नंबर बोलते हैं और जब भी आप कभी लाइब्रेरी में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो बुक्स अरेंज होती हैं रैक में आ, वो प्रॉपर एक सीक्वेंस में अरेंज होती है तो जब भी आप बुक को ईशू कराने जाते हैं तो उस बुक को एक प्रॉपर प्लेस से लेते हैं और उस प्रॉपर प्लेस पर ही रख देते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डीडीसी के जो नंबर या क्लासिफिकेशन स्कीम होती है उसके थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है तो जब भी आपने कॉल नंबर उस बुक को दिया डी के थ्रू हमने एक कॉल नंबर बनाया और उस कॉल नंबर को हम बुक की स्पाइन पर एड कर देते हैं और उसके बाद में उस बुक को हम ले जाके एक पर्टिकुलर जो भी हमारी बुक शेल्फ होती है उस पे ले जाके हम रख देते हैं तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है जो भी सब्जेक्ट की बुक होती है वो सब्जेक्ट में ही जाके उसको अरेंज कर दिया जाता है प्रॉपर कॉल नंबर देने के बाद में ये हम आगे की वीडियो में समझते हैं नेक्स्ट लाइन पे चल, चलते हैं तो नेक्स्ट लाइन है हमारी फुल एडिशन के जो एडिशन थे वो कितने एडिशन अभी तक आ चुके हैं और अभी करेंट में कौन सा एडिशन चल रहा है इसके बारे में तो फर्स्ट एडिशन जो आया था वो आया था में पब्लिश हुआ था देन इसका जो अभी लेटेस्ट एडिशन है वो है ट्वेंटी थर्ड एडिशन जो कि टू थाउजेंड अलेवन में पब्लिश हो चुका है एंड फिफ्टीन एडिशन एवरेज एडिशन था जो कि 2012 में पब्लिश हुआ था लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ है या कॉलेजेज़ हैं जहाँ पे लाइब्रेरी साइंस कोर्सेस चलते हैं या इग्नू की बात करें या दूसरे और भी यूनिवर्सिटीज़ जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 19th एडिशन अभी भी पढ़ाया जा रहा है तो 19th एडिशन जो आया था वो आया था हमारा 1979 में एंड उसका जो एवरेज एब्रिस, एवरेज एडिशन था वो 11th एडिशन था जो कि सेम ईयर में में। पब्लिश हुआ था 1979 नेक्स्ट uh, चलते हैं हाउ डज इट वर्क्स। ये वर्क कैसे करती है? DDC has been divided into the classification. अब इसको uh, काफी सारे क्लासिफिकेशन जो इसकी में से डिवाइड किया गया है मेन थ्री क्लासेज में द्लासेज इसकी जो मेन क्लासेज है वो टेन है जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है जीरो टू नाइन में ओके okay, देन उसको फिर वापस से इसके डिविज़न किए गए हैं जिन्हें हमने हंड जैसे डी के थ्रू हंड्रेड डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है और फिर उन हंड्रेड डिविजन्स को थाउजेंड सेक्शन में डिवाइड किया गया है जिसमें कि सारी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे इंक्लूड हैं सारे सब्जेक्ट उसमें आ जाते हैं अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो क्लासेस हैं, उन क्लासेस को डिवाइड कैसे किया गया तो उन क्लासेस को डिवाइड किया ट्रिपल जीरो से ट्रिपल नाइन के बीच में मींस इसमें जीरो जीरो जीरो से लेकर नाइन नाइन नाइन के बीच में सारे सब्जेक्ट्स को असाइन किया गया है तो इसमें फर्स्ट जो असाइन किया गया है वो क्या ट्रप से लेकर जीरो के बीच में कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन जर्नल रेफरेंसेज को बात करें 100 से 199 के बीच में फिलोसफी एंड साइकोलॉजी को टू से लेकर 299 के बीच में रिलिजन को 300 से 399 के बीच में सोशल साइंस को 400 से 499 के बीच में लैंग्वेजेस को 500 से 599 के बीच में साइंस को 600 से 699 के बीच में टेक्नोलॉजी को सेवन से 799 में आर्ट्स को 800 से 899 के बीच में लिटरेचर को नाइन से नाइन में हिस्ट्री एंड जियोग्राफी को डी डी एडिशन की अगर हम बात करें तो उसे ये पब्लिश हुई थी नाइनटीन्थ एडिशन 1979 में हम नाइनटीन्थ एडिशन इसलिए इसका इंट्रोडक्शन हम इसलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो एडिशन है वो नाइनटीन्थ एडिशन ही है जिसे सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है आज भी तो इसका अगर इसमें तीन वॉल्यूम है फर्स्ट वॉल्यूम जो है वो है हमारा इंट्रोडक्शन एंड टेबल से रिलेटेड तो इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे सेवन uh, टेबल्स आती हैं और इसमें थ्री समरीज दी हुई है जिसमें फर्स्ट समरी में जीरो से नाइन तक डिवाइड uh, किया हुआ है देन उसके बाद में सेकंड समरी और थर्ड समरी है वो हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं तो इसमें इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट वॉल्यूम आप देखेंगे तो फर्स्ट वॉल्यूम में आपको सेवन टेबल्स मिलेंगी एंड थ्री समरीज मिलेंगी सेकेंड जो वॉल्यूम है सेकंड वॉल्यूम हम बोलते हैं शेड्यूल, फर्स्ट वॉल्यूम का हम टेबल बोलते हैं इंट्रोडक्शन एंड टेबल्स बोलते हैं सेकंड वॉल्यूम को बोलेंगे हम शेड्यूल, जिसमें ट्रिपल जीरो से लेके ट्रिपल नाइन मीन्स जीरो जीरो जीरो से लेकर नाइन नाइन नाइन तक सारे क्लासेस को आ, और डिटेल में समझाए डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है इन्हीं जो समरी स्त्री समरी जो टेबल में दी हुई है उन्हीं को डिस्क्राइब किया गया है दे लास्ट में आता है हमारा रिलेटिव इंडेक्स तो रिलेटिव इंडेक्स में ये जो इसमें डीडीसी के क्लास नंबर को इंडेक्स के द्वारा सर्च किया जाता है जैसे कि मैथमेटिक्स को एम के द्वारा सर्च करना इसमें किसी भी सब्जेक्ट के सभी पक्षों को एक साथ एक ही स्थान पर दिखाया जाता है जैसा कि हम डिक्शनरी में सर्च करते हैं ए पर अगर हम जाएंगे तो ए से रिलेटेड जितने भी हमको वर्ड हैं वो सारे हमको वर्ड मिल जाएंगे बी है तो बी से सी तो, तो इस तो इसमें हमें जो रिलेटिव इंडेक्स है उसमें हमें अगर कोई भी वर्ड या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई टर्म है उसको हमें समझ हमें नहीं मिल रहा है अगर वो शेड्यूल में तो हम उसको रिलेटिव इंडेक्स में जा सर्च कर सकते हैं और उन्हें हम अल्फाबेटिकल क्रम में सर्च करके ईजिली आसानी से हम ढूंढ सकते हैं और फिर उसको उसका यूज हम शेड्यूल में जाके कर सकते हैं वो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताती हूँ नेक्स्ट चलते हैं यूज ऑफ द टेबल अब इसमें जो टेबल दी हुई है ऑनलाइन भी हो गया है आ, तो जो हमारा नाइनटीन्थ एडिशन है अभी हम नाइनटीन एडिशन की बात करें तो इसमें सेवन टेबल है ट्वेंटी थर्ड एडिशन में एक टेबल को हटा दिया गया है उसमें केवल सिक्स टेबल्स ही रह गई है तो नाइनटीन एडिशन हमारी सेवन टेबल है तो फर्स्ट टेबल में हमारे स्टैंडर्ड सब डिवीज़न है जो जिसमें कि सारी कॉमन चीज़ें आ जाती हैं हमारी स्टैंडर्ड सब डिवीज़न जैसे आ, हमारी डिक्शनरी हो गई या हमारा आ, दूसरी चीज़ें हो गई जो हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे देन सेकंड टेबल हमारी एरिया से रिलेटेड इसमें हम जितने भी एरियाज होते हैं उससे रिलेटेड टेबल टू में हम एरिया uh, को देखते हैं थर्ड में आता है सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर इसमें हम इंडिविजअुअल लिटरेचर की बात करते हैं फोर्थ टेबल में सब डिविजन्स ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज की बात करते हैं फिफ्थ टेबल में रेशल इथेनिक नेशनल ग्रुप की बात करते हैं टेबल सिक्स में लैंग्वेज की बात करते हैं टेबल सेवन में पर्सन होते हैं जो किसी भी फील्ड से रिलेटेड होते हैं लाइक डॉक्टर लॉयर इंजीनियर ये सा, सब